नमस्कार दर्शकों मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं 15 फरवरी दिन शनिवार के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है तो यदि आपको भी आपकी वास्तविक चंद्र राशि का जो है ज्ञात नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस को जो है ड्रॉप कर दीजिए यथासंभव हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को आपकी चंद्र राशि से अवगत कराएं आज का पंचांग क्या कहता है अर्थात शनिवार दिन का पंचांग क्या कहता है तो इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं देखिए पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है और पंचांग के ये पांच अंग है तिथिवार नक्षत्र योग कर न्यूनता आ जाती है पंचांग में तो पंचांग अपूर्ण रहता है पूर्ण नहीं रहता है और ये पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तो विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख्त फाल्गुन मास है पर्धामी नामक संबंध चल रहा है सूर्योदय होगा प्रातः छह मिनट पर और जी हाँ सूर्यास्त का शाम को पांच बजकर चौवन मिनट पर शनिवार दिन रहेगी और कृष्ण पक्ष की जो तिथि रहेगी सप्तमी तिथि रहेगी ब्रह्मा वैवर्त पुराण का यहाँ पर रेफरेंस लेंगे सप्तमी तिथि को ताड़ का सेवन नहीं करना चाहिए दूसरा दर्शकों सप्तमी तिथि को, को आंवले का भी सेवन नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाही है वही अष्टमी तिथि लग जाएगी दर्शकों पंद्रह तारीख को शाम uh, को चार बजकर उनतीस मिनट के बाद तो अष्टमी तिथि को नारियल त्याग बताया जाता है नक्षत्र रहेगा विशाखा जुपीटर का नक्षत्र रहेगा रहे भव और बालो योग रहेगा वृद्धि और ध्रुव योग रहेगा इसके अलावा दर्शकों शुभ समय पर आ जाते हैं आज का शुभ समय क्या रहेगा तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह ग्यारह मिनट से बारह मिनट तक की वहीं रात को एक अमृत काल आपको मिलेगा आठ बजकर उनतालीस मिनट से और दस बजकर ग्यारह मिनट तो ये दो समय आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे इनमें आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं अशुभ समय पर आ जाते हैं जिनमें राहु काल का जो है स्थान सर्वश्रेष्ठ है अर्थात इस दौरान आपको शुभ कार्यों को तो कतई नहीं करना है सुबह नौ बजकर तीस मिनट से लेकर 33 मिनट से लेकर के दस बजकर सत्तावन मिनट तक का समय राह का रहेगा चंद्रदेव दर्शकों चलायमान रहेंगे तो चलायमान रहेंगे इसके बाद चंद्रदेव अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे सूर्यदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं शनिवार दिन रहेगा और पूर्व दिशा की ओर दिशा सूर्य रहेगा तो पूर्व दिशा की ओर दिशा मतलब यात्राएं करने से आपको बचना होगा यदि यात्रा करनी पड़ तो क्या करना पड़ेगा तो आप लोग अदरक का सेवन घी का सेवन जो है करके तब यात्रा करिएगा अदरक वाली चाय पी करके यात्रा करिएगा और पहले पश्चिम की ओर चार पक्ष चल लीजिएगा उसके बाद आपको पूर्व दिशा की ओर चलना रहेगा बढ़ते हैं हम अपने राशिफल की ओर और, और आपको बताना चाहेंगे दर्शकों कि शनिवार आज है और संडे को रात्रि 10 से ग्यारह बजे तक में लाइव हूँ तो जो भी दर्शक अपनी जन्मकुंडली से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं आप लोगों का स्वागत है आप लोग हमसे अपने जो है कुंडली पर आधारित जो है प्रश्नों को पूछ सकते हैं मेष राशि की ओर बढ़ते मेष राशि के जातकों आज का दिन अच्छा रहने वाला है कई बाहरी यात्राओं का योग बन रहा है परिवार के किसी सदस्य के साथ करना चाह रहे हैं तो संबंधित क्षेत्र से जुड़े लोगों से एक बार आप लोग सलाह मसौरा जरूर ले, ले लेंगे माता पिता के आशीर्वाद से आज, आज आपको काम में अच्छे परिणाम हासिल होंगे दूसरे पर आपके काम और व्यवहार का पॉजिटिव असर पड़ेगा पैसों से जुड़ा कोई पुराना लेन आज फायदेमंद साबित हो सकता है जीवन साथी को लेकर के आपकी जिम्मेदारियां आप बढ़ सकती हैं मेष राशि के जो छात्र वर्ग हैं उनके लिए आज का समय अच्छा रहेगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग पीपल के वृक्ष पर जलार्पण करिएगा और ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छोड़ वृषभ राशि के जातकों आज का दिन आप लोगों का ठीक रहने वाला है या यूँ कहले शानदार और जानदार रहने वाला है जो लोग जॉब कर रहे हैं आज उन्हें अपने किसी काम के लिए कुछ पारितोषक मिल सकता है सैलरी में इंक्रीमेंट इत्यादि लग सकती है वहीं जो लोग नई नौकरी के तलाश में हैं उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है आज आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं आज आपका साहब बना रहेगा मन में नई चीजों को जानने के लिए उत्सुकता भी बनी रहेगी आपके भाई बहन काम में आज आपकी पूरी मदद करेंगे जीवन साथी के साथ संबंधों में आज आपका प्यार बना रहेगा आज आप लोग कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह उनको कर सकते हैं मंदिर में आज आपको करना क्या रहेगा तो आज काले तिल का आपको दान करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार हमारी जो अगली राशि आती है आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों आज आप बिजनेस में नई चुनौतियों से निपट सकते हैं रुके हुए ज्यादातर काम आज आपके पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज का टाइम टेबल बनाने से आपको काफी मदद मिलेगा ऑफिस में काम कर रहे लोगों से किसी प्रोजेक्ट को लेकर के सलाह मिल सकती है लेकिन आपको अपनी समझ से फैसले लेने की जरूरत है आज आपको अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए लोग आज आपके साथ जुड़े रह सकते हैं परिवार के साथ आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आज आप जिस कॉलेज में एडमिशन शनिदेव की ढैया तो चल रही है दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ करिए और शाम को एक आपको जो है पीपल के के नीचे सरसों के तेल का दीपक चौमुखी दीपक जला करके आना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो कर्क राशि की ओर बढ़ते वजह से ज्यादा ऐसे लोगों से ज्यादा बहस करने से बचना चाहिए जो कि आपका अहित सोचते हैं कुछ आदतों में सुधार लाने से आज आपका दिन बेहतर हो सकता है जीवन साथी के साथ आज आपको जो है प्यार से पेश आना पड़ेगा क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा रात में नीच के हो जाएंगे तो आपके और आपके पार्टनर के बीच 9 बजे के बाद कुछ एक दूसरे को लेकर के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लड़ाई झगड़े हो सकते हैं साथ ही साथ आज आपको आर्थिक स्थिति पर थोड़ा ध्यान रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं पिता से आज आपको उचित सहयोग मिलेगा दिन ठीक ठाक ही निकलेगा आपका उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो शनि चालीसा का आज आपको पाठ करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार सिंह राशि के जातकों आज जो लोग बिजनेसमैन हैं और काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा कर रहे हैं उनके लिए आज सलाह दे रहे हैं विचारों को दबाने की कोशिश कर सकता है आपको अपनी बातें दूसरों से शेयर करने से बचना चाहिए आय में वृद्धि होने के सितारे संकेत दे रहे हैं आज मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए आज आपको गलत फहमी से बचना होगा आज के दिन देखिए आपको करना क्या रहेगा उपाय तो किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा खिलाना रहेगा साथ ही उस कन्या के चरण छू करके आपको आशीर्वाद लेने रहेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच अगली राशि पर बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती आती है कन्या राशि कन्या राशि के जात को आज आपके सितारे देखिए बुलंद रहने वाले हैं आज आपको कहीं अचानक से धन लाभ प्राप्त हो सकता है आज आप सारे काम बखूबी पूरा करेंगे आपको अपनी संतान से मदद मिलती हुई दिखाई पड़ रही है कुछ जरि जरूरी लोगों से आज आपकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात आपके लिए कई महीनों में बहुत ही ज्यादा रोचक रहने वाली है भविष्य को बनाने वाली है ऑफिस मीटिंग के दौरान आज आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे सब लोग आज आपकी प्रेजेंटेशन से काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे उच्चाधिकारी आज आज प्रसन्न रहेंगे जिम्मेदारी तो मिल सकती है मॉडलिंग का क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें किसी अच्छी ब्रांड के लिए काम करने का भी आज मौका मिल सकता है आज कुल मिलाकर के दिन ठीक रहेगा उपाय के तौर तो पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है पीपल के वृक्ष पर जाइए और दूध में काला तिल डाल करके आप लोग जो है अर्पण करिए दुद्धाभिषेक करिए पीपल वृक्ष का और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का आप लोग पाठ करिए पूरा दिन आपका चकाचक मतलब बहुत अच्छा जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ अगली राशि पर बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती है लिब्राजी है तुला राशि तुला राशि के जातकों आज आपका दिन आपके अनुकूल रहने वाला है व्यवसायिक कार्यों में प्रगति होना तय है आज आप घर में किसी प्रकार का सुधार करवा सकते हैं घर के लिए कुछ जरूरी चीज़ें भी आज आप लोग क्रय कर सकते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्थिक स्थिति आज आपकी ना बिगड़े अर्थात सही चीज़ों पर ही अपने धन का इन्वेस्टमेंट आप लोग करिए आज आपके घर में कोई बाहर के रिश्तेदार मेहमान आ सकते हैं और आज आपके जो है संबंध नए प्रेम संबंध स्थापित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिस में सीनियर्स के साथ आज आप लोग जो है किसी विशेष मुद्दे पर किसी विशेष जो है प्रोजेक्ट पर बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर के ठीक ठाक रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज देखिए चुकी है आपके ऊपर शनि की ढैया लग चुकी है तो आप लोग करिए क्या कि सुंदर कांड का पाठ करिए पहली चीज दूसरा कि आज आप लोगों को शनि मंदिर में जाना है और सरसों के तेल का दान देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक प्रति आपकी रुचि अधिक बढ़ सकती है आज आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा माता पिता आज आपके काम में हाथ बटाने की पूरी कोशिश करेंगे संतान पक्ष से आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा आज आप लोगों को करना क्या रहेगा तो मंदिर में जाना है काले तिल का और मिश्री का आपको दान करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा वृश्चिक राशि के ये आज ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक साथ अगली राशि जो आती है ये आती है सेजिटेरियस अर्थात धनु राशि राश के जात आज का दिन आपको फायदा दिलाने वाला रहेगा व्यापारी वर्ग का रुका हुआ काम आज तेजी से आगे बढ़ेगा आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी जो लॉयर हैं, वकील हैं उन्हें आज किसी महत्वपूर्ण केस में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है पार्टनर के साथ कोई नई मूवी आज, आज आप लोग देखने जा सकते हैं शॉपिंग करने जा सकते हैं घूमने फिरने जा सकते हैं जमीन के किसी पुराने लेन देन से संबंधित आज, आज, आज, आज आपको कामों में फायदा मिल सकता है जिन छात्रों को कैरियर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी आ रही थी उन्हें आज बड़े भाई या बड़े जो है मतलब उनकी बहन या सिस्टर से मदद मिल सकती है आ, पढ़ाई में मन लगेगा बस उपाय ये करना रहेगा कि भगवान शिव पर आज दूध में शहद डालकर के अभिषेक करिएगा साथ ही साथ आज आप लोग चंद्रशेखर अष्टक का पाठ जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज रेड अर्थात लाल रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन कैफ्री कौन मकर राशि मकर राशि के जातकों आज का दिन मिला जुला रहने वाला है दिन की शुरुआत में थोड़ी सुस्ती रहेगी जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें आज थोड़ा संभलकर चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं ऑफिस में साथ काम कर रहे कुछ लोग आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाएंगे आज, आज आपको किसी भी तरीके की जिद करने से बचना होगा वरना आप परेशानी में रह सकते हैं सेहत में उतार चढ़ाव से बचने के लिए आज आपको खान पान पर ध्यान देने के सितारे सलाह दे रहे हैं पैसों के मामले में आज आपको जीवन साथी की जरूरत पड़ सकती है किसी बड़े कि सलाह लेकर के आज ले करना क्या रहेगा तो देखिए तो में मत लीजिए दशरथ के शनि स्रोत का पाठ करिए और आज के दिन छाया दान अर्थात सरसों के तेल में जो है अपनी छाया देख करके आपको दान करनी होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कुंभ राशि जी है एक्वायर्स कुंभ राशि के जात को आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है आज आपका व्यक्तित्व तो खुशबुओं की तरह चारों तरफ महकेगा कोई बहुत बड़ी प्रसिद्धि आज आपको मिल सकती है परिवार में किसी जरूरी काम के पूरा हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ आज उनके घर पर कोई रिश्ता लेकर के आ सकता है छात्र आज किसी काम को पूरा करने के लिए अपने पिता की मदद लेंगे जिससे उनका काम अच्छे से पूरा होगा बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह जो है कोशिश कीजिए उठकर के एक्सरसाइज वगैरह करिए साथ ही साथ आज, आज आपके घर में किसी बुजुर्ग की तबियत खराब हो सकती है जिससे मन आपका बड़ा रुष्ट होगा न्यायालय संबंधित कार्यों में भी आज आपको सफलता प्राप्त होगी उपाय के तौर पर करना क्या है तो किसी विकलांग को पका हुआ भोजन कराइए साथ ही साथ आज आप लोग अपने में कोशिश कीजिएगा कि दो-चार-दस लोगों को अपनी तरफ से चाय पिलाइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए और दर्शकों संडे रात्रि दस से ग्यारह बजे तक हम लाइव होंगे तो जो भी दर्शक अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं आप लोग फोन कर सकते हैं संडे रात्रि 10 से 11 बजे के बीच निशुल्क ये सुविधा रहेगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि जब हम लाइव हों तो हमारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुँचे मेन राशि के और चलते हैं आज का दिन जीवन में सुनहरे पल लेकर के आने वाला दिन है जो लोग इलेक्ट्रॉनिक के काम से जुड़े हैं आज उनके काम में बहुत बड़ा बूस्ट आ सकता है इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे लोगों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा आर्थिक रूप से आज आप लोग मजबूत रहेंगे दांपत्य जीवन में आपसी विश्वास के सहारे संबंधों में मजबूती आएगी जो छात्र सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला आप लोग अपने फॉर्म इत्यादि भर सकते हैं जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनका पेपर आज बहुत अच्छा होगा साथ ही साथ माता पिता का का का प्राप्त होगा छोटी दूरी दूरी की अल्प दूरी की का योग है आज आपका बहुत अच्छा रहेगा रहे रहे रहे रहे रहे तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः आप लोगों से निवेदन है नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बना हुआ बेलाइकन जरूर दबाइए अट्ठाईस और उनतीस मार्च को मुंबई आगमन हो रहा है जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग अपनी अपनी सीट्स बुक करा सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक, तक के लिए नमस्कार